हेलो गाइस, गाइस हम लोग निकले हैं मसूरी से धनोल्टी के लिए और एक जगह हम लोग रुके हैं वो जगह ही इतनी प्यारी लगी हमें कि हमें रुकना पड़ा वो जगह कौन सी है आइए पहले देख लीजिए फिर उसके बाद विस्तार से बात करते हैं ये देखिए ये है केदारनाथ पास के पहाड़ चार धाम के जो पहाड़ हैं ये बर्फ़ के ये वो हैं ये यह यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ये कैमरे में शायद नहीं आ पा रहे हूँ इतने क्लियर तो मैं कैमरा पलट के आपको दिखाता हूँ इसका ठीक है मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ यहाँ से ये यह ये धनोल्टी से लगभग सात किलोमीटर पहले है धनोल्टी से सात किलोमीटर पहले आप यहाँ पर आओगे खुद ही दिख जाएगा आपको यहाँ पर ये देखिए अब बताइए कैसी लगी जगह ये लगी न खूबसूरत बहुत ही शानदार मतलब हो सकता है कि मोबाइल के कैमरे के में इतना नहीं लग रहा हो लेकिन आप जब सामने से इस जगह को देखोगे ना तो मतलब तिरप्त हो जाओगे तिरप्त तो अब हम चल रहे हैं फिर धनउल्टी की तरफ और उसके बाद हमें धनोल्टी से भी आगे जाना है कड़ाताल में वहां पर हमने कैंप जो है बुक कर रखे हैं मेन मकसद आपको कैम्प तक पहुंचाना तो है देखिए ये एको पार्क है अरे ये धनुर शुरू होते ही खाता है मतलब बहुत तो अच्छी जगह है ता ता ता ये, ये, ये, ये, ये आप फैमिली के साथ आओगे तो, जब पर पड़ी होती तो होती यहाँ पर मतलब खूब बच्चे आपके और आप भी मतलब खूब मस्ती कर सकते हो पर। पुलिस चौकी है इको पार्क के पास में ही और ये धनौल्टी के लिए हम जो चल चुके हैं तक पहुंचने पहुंचने में मजा आ जाएगा इतना खूबसूरत नज़ारा होता होगा इस पे जब स... के बस पड़ी होती देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ जाओ और देखते जाओ ये हम धनौल्टी में आ चुके हैं यहाँ से होटल्स वगैरह मार्केट जो मेन धनौल्टी की है वो शुरू हो जाती है ये जो है आप यहीं से होटल्स आपको जो है मिलने लगेंगे देखिए ये होटल हैं और हर तरह की जो है चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी ऐसा नहीं है कि तनोल्टी के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी जैसे आउट में यहाँ पर सब खाने पीने का भी सही है पहले दे जब दे हम लोग आए थे तो हम रुके थे धनोल्टी के अंदर मैन धनोटी में लेकिन अब की बार जो है हमने कैंप बुक कर दिए हैं पहले तो हम तो जब पहले आए थे तो हम घूमने गए थे कैंप पर तो तब नंबर लेके आए थे जो वहाँ पर कैंप देखिए इस होटल में इस होटल में रुके थे हम पहले लेकिन अब ये हमारा जो इरादा है वो वहीं रुकने का है कड़ाताल में कैंप के अंदर लो जो ले। तो कैंप तक पहुंचना है, है, है हमें और यहाँ पर जो है सब्ज़ी की दुकान हमें दिख गई है हमें थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेनी है इसलिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और सब्जी लेके फिर हम निकलेंगे कड़ाताल के लिए धनोई लगभग पूरी हो चुकी है तो गाय सब्जी हमने ले ली है अच्छा सब्जी हमने ली क्यों है सब्जी हमने इसलिए ली है कि ज़्यादातर खाना जो है हमने अपने ही हाथ से बनाया है क्योंकि हम लोग तीन लोग हैं और यार। लड़के ही लड़के हैं तो इसलिए जहां हमें लगता है सही जगह लगती है मौका लगता है वहां पर हम खाना बना लेते हैं और अपना निपटा देते हैं मसले को और वैसे भी खैर मज़ा आता है अगर आप लोग जो है खाना खुद बनाना कहीं पर टाइम से निकलो और अपने आउटडोर में कहीं जाके कोई जगह देख के लेकिन यह है कि गैस लेके नहीं चल सकते हैं तो हम देसी तरीके से हमने खाना बनाया है लेकिन उसके लिए भी बहुत एहतियात है कि अगर हम कहीं आग जलाई है हमने साइड में पहले तो हमने साफ़ सुथरी जगह में आग जलाई है उसके बाद उस आग पर तो पानी डाल के उसे बुझा के तब हम आगे बढ़ें खाना वाना खा के आराम से में तो वो लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप भी अगर कभी आएँ इधर की साइड या कहीं भी जाएं पहाड़ों पर या कहीं भी जाएं तो अपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि गैस तो बिल्कुल ले कर ना चलें साथ और अगर नेचुरल तरीके से आपको खाना बनाना है तो मतलब आग जलाएं भी साफ़ सुथरी जगह में और मतलब उसको बुझा दें लीजिएगा इस तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं कैम्प बातों बातों में पता ही नहीं चला कब हम पहुँच गए वो जो सामने सीढ़ियां नज़र आ रही हैं उनसे पहुँचेंगे हम अपने कैम तक और वो वीडियो मैंने बना रखी है अलग पर यह वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ ठीक है मिलेंगे अगली वीडियो में हाँ उस वीडियो को दाड़ी मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूँगा आप वहाँ से उसे देख सकते हैं और वरना डिस्क्रिप्शन में से लिंक है उसमें से देख सकते हैं तो गाइज़ उस वीडियो को देखना ज़रूर इससे होगा क्या आगे आपकी कैंपिंग के बारे में जो है जानकारी वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी बाकी आपको वैसे भी वीडियो देख के मज़ा आएगा और अगर आपका कभी आने का यहाँ पर इरादा है तो उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हो गए तो मिलते हैं उसी वीडियो में और मैंने पूरी तफसील से वो वीडियो बनाई है सब बताया है